मोहब्बत तो को बुरा क्यों कहूँ जब किस्मत ही मेरी खराब है वो जा रही है तो जाने दो मेरे पास मेरी शराब है हम ना हर काम दिल से करते हैं हाँ। क्योंकि चल तो काम नहीं। मैं तेरे